चुनावी साल में मध्य प्रदेश में किसानों को थोड़ी राहत दिए जाने की तैयारियां चल रही है सब कुछ ठीक रहा तो किसानों को कर्ज चुकाने के लिए दुगुना समय दिया जाएगा के लिए दुगुना समय देने की तैयारी सरकार कर रही है फसल चक्र की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी में गेहूं चना धान आदि फसल का क्रॉप सीजन बारह महीने का होगा लंबी अवधि में पकने वाली गन्ने और केले की फसल की समय सीमा 18 महीने होगी फसलों के लिए अभी फसल चक्र 4 से 6 महीने का है और लंबी अवधि की फसलों के लिए 8 से 9 माह की समय सीमा जबकि लंबी अवधि फसलों के लिए एक फसल चक्र की मोहलत देती है इसमें डिफॉल्टर किसानों की संख्या घटेगी मध्य प्रदेश में एक करोड़ से अधिक किसानों को इससे लाभ हो सकता है इसमें से करीब तीस किसान